वॉट इज वाइल वाइल क्या है आज हम लोग देखेंगे कैसे वर्क करता है y -loop. Y -loop है इज़ आल्सो एज ए ए ए लूप लूप होता अलाउ पार्ट ऑफ़ द टू बी मल्टीपल मल्टीपल टाइम टाइम डिपेंड अपॉन गिवेन कंडीशन दिया ईफ स्टेटमेंटिक व्यू के रिटिंग वर्क कर सकता है सिंटैक्स वाइल्ड ऊपर कंडीशन ट्रू हो एग्जीक्यूट करके जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो तब तक एग्जीक्यूट करेगा अगर फॉल्स हो तो बाहर आ जाएगा यहां यहाँ फ्लोटार देखते हैं इसके अनुसार समझ जाएंगे कंडीशन कंडीशन सही है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है अगर फॉल्स हो तो बाहर निकल जा रहा है वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या